P09 Indore it facts So drink die Keedi meediyan kadwa sach hu kehne ja raha main kulle rakhna kaan sab hai paiso ke ulam jante hain sab par kyon ye bante hain anjaan na rahi nari main sita aur na hi nar mein ram sikdam kar raha aaram kai hota gang rap kai jismon ke lag se dam kehte hai kanoon ke alam बालों का हिस्सा दिखाने के अलग और खाने के अलग दांत मिर्ची लगती कुछ को मेरा गाना सुनके कि मैं कहता हमेशा सच्ची बात खोलता डरता नहीं किसी से सर पे हाथ जीता नहीं घमंड में नहीं है कुछ मेरी औकात मुझको ना सिखाओ कोई जानता हूँ अपना रास्ता रखता सच से वास्ता नकली रह को जैसे नाशता सुनते हैं जो मुझको उनका मन है मेरे सुनते हैं जो मुझको उन कमाने हैं मेरे फ्लो पे ना